नमस्कार मैं आप सभी सम्मानित दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दिनांक 12 फरवरी के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है देशी ग्रामे ग्रह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधान जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाचरें जन्म राशि प्रधानत्व नाम राशि चिंता है तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि जब भी आप लोग राशिफल देखा करिए यहाँ पर जन्म राशि की प्रधानता दिया करिए नाम राशि इत्यादि की चिंता भी मत किया करिए और दर्शकों आपके लिए खुशखबरी ये है कि जिस प्रकार इस बार हम संडे को लाइव हुए थे तो इस आने वाले रविवार को भी रात्रि दस से ग्यारह बजे तक हम लाइव होंगे तो जो भी दर्शक हमसे अपनी कुंडली अभी तक नहीं दिखवा पाए हैं आप लोग जो है रविवार का रिमाइंडर लगा लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन दबा दीजिए और संडे वाले दिन रात्रि दस ग्यारह बजे एक घंटे आप लोगों के साथ बिताएंगे आपकी जो भी बाधाएं होंगे प्रयास करेंगे कि उपायों के माध्यम से और आप लोगों के मार्ग में आने वाली बाधाओं को कम करें तो दर्शकों आज का पंचांग क्या कहता है 12 फरवरी का बुधवार चुकी दिन रहेगा ये इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं विक्रम इकतालीस फाल्गुन मास चल रहा है सूर्योदय होगा प्रातः छह बजकर उनचास मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर बावन मिनट पर दर्शकों ये पंचांग लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है तिथि की बात कर लेते हैं तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी बारह फरवरी की सुबह ग्यारह उनतालीस मिनट तक की माफ करिएगा सुबह नहीं रात्रि ग्यारह बजकर उनतालीस मिनट तक की जो है जो तिथि रहेगी ये चतुर्थी रहेगी चतुर्थी तिथि के बारे में ब्रह्मा व्यवर्ष पुराण में बताया गया है कि चतुर्थी तिथि को सफेद तिल का सेवन नहीं करना चाहिए मूली का सेवन नहीं करना चाहिए दोष लगता है साथ ही साथ उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र रहेगा बब बालव और कौलव करण के साथ धृति और सूल योग बना हुआ है आज अशुभ समय यानी कि राहु काल जो रहेगा ये दोपहर बारह बजकर बीस मिनट से लेकर के एक बजकर तिरालीस मिनट का जो समय रहेगा ये राहु काल का रहेगा राहु काल में शुभ कार्यों की मनाही होती है शुभ कार्यों को नहीं किया जाता है वहीं यदि आपको यदि शुभ कार्यों को करना होगा तो कोशिश कीजिएगा कि दोपहर चौदह बजकर तेरह मिनट से लेकर के तीन बजकर ग्यारह मिनट के बीच में आप लोग शुभ कार्यों को कर लीजिएगा इसमें आपके कार्य सिद्ध होंगे बनेंगे साथ ही साथ चंद्रदेव कन्या राशि में चलायमान है सूर्यदेव मकर राशि में चलायमान है दिशा सूल की बात करते हैं तो उत्तर दिशा की ओर आज दिशा रहेगा उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से आज आपको बचना होगा तो दर्शकों अगर आपको अब उत्तर दिशा की ओर जाना पड़ जाए तो क्या करेंगे तो आज आप लोगों को जो है इलायची का सेवन करके देखिए आज आप लोग वैसे तो हम बताते हैं कि आप लोग जो है सफ़ेद तिल का सेवन कर लीजिएगा लेकिन आज सफ़ेद तिल नहीं आज आप लोग इलायची का सेवन करिए आज आप लोग पिस्ते का सेवन करके निकलिए धनिए का सेवन करके आप लोग निकलिए और पहले दक्षिण की ओर चार पग चल लीजिएगा फिर उत्तर दिशा की ओर आपको जाना होगा तो दर्शकों राशिफल में हमारी जो पहली राशि आती आती है अर्थात मेष मेष राशि राशि के जातकों आज का दिन कैसा बीतेगा तो आज आपका दिन शानदार रहेगा घर में खुशी का माहौल रहेगा कुछ रिश्तेदार आज, आज आपके पुराने जो है आपके घर आ सकते हैं आज, आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लव मेट के लिए आज का दिन मिठास से भरा रहेगा जो मेष राशि के छात्र हैं और कैरियर में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं इनको असकारात्मकता प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है जो महिलाएं रसोई में खाना वगैरह काम इत्यादि करती हैं तो इनको अग्नि भय है तो रसोई में काम करते करते समय इनको थोड़ी सी सावधानी रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं। हैं। आज आज आपको दूसरे लोग मदद करते हुए दिखाई रहे हैं। परिवार के साथ बातचीत की जो जो है, है आपके लंबे समय से जो भी चीजें एक दूसरे के बीच मिस अंडरस्टैंडिंग थी इसका जो है समाधान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है साथ ही साथ किसी नए मेहमान का आगमन आज आपके घर में हो सकता है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज गणेश जी को दूरबा आपको चढ़ाना रहेगा ग्यारह दूरबा ले लीजिएगा और पढ़के या ओम गंग नमः मंत्र से आप लोग चढ़ा सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक तीन हमारी जो अगली राशि आती है आती है वृषभ राशि वृषभ राशि की जात आज आपका दिन आपके अनुकूल रहेगा अपनी काबिलियत से आज आप लोग सभी काम को सरलता पूर्वक करते हुए दिखाई पड़ आज आपके दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस उत्तम रहेगा सेहत कुल मिलाकर के आज वृषभ राशि के जातकों की काफी अच्छी रहेगी नए लोगों से आज मुलाकात आपके भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगी आज आपको पॉजिटिव रहने के सितारे सलाह दे रहे हैं कोई गलत विचार अपने दिमाग में न आने दें घर परिवार वालों के साथ आज आप लोग कहीं पर घूमने फिरने अचानक से जा सकते हैं प्लान बन सकता है यात्राओं के समय अपने आप लोगों को लगेज का ध्यान देना रहेगा सामान्य दे, जो है सामान का ध्यान देना रहेगा कार्य क्षेत्र पर उच्चाधिकारी आज आपसे प्रसन्न रहेंगे लाभ के अनेक अवसर आज वृषभ राशि के जातकों को प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उपाय क्या करना रहेगा वृषभ राशि के जातकों को तो वृषभ राशि के जातकों आज प्रातःकाल दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ करके आप लोग निकलिए और साथ ही साथ आज के दिन माता पिता के चरण स्पर्श करके जरूर निकलिए निश्चित आपके काम बनेंगे आपके लिए शुभ कलर रहेगा पीला शुभ अंक रहेगा दो जैमिनी जी हाँ मिथुन राशि के जातको तो मिथुन राशि के जात आज आपका दिन काफी अच्छा रहेगा ठीक ठाक रहेगा परिवार का जो माहौल रहेगा ये शांति नुमा बना रहेगा आज आप अपने सहपाठियों के साथ कहीं घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं कैरियर में तरक्की के मामले में रुकावटें आ सकती हैं लेकिन सोच समझ करके आज आपको फैसला लेने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा आज आपको किसी भी तरीके के बाद विवाद में पढ़ने से बचना होगा साथ ही साथ किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से भी आज आपको बचना होगा इसके अलावा लबमेट के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा बिजनेस में किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने से आज आपको बचना होगा साथ ही साथ आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए ठंडक का मौसम चल रहा है कोशिश कीजिएगा किस, किसी किसी जरूरतमंदों को आज आप लोग कंबल का दान कर दीजिए राहु जनित जो दोष होते हैं वो कंबल के दान से शांत होते हैं साथ ही साथ किसी विकलांग व्यक्ति को खास करके वो अंधा हो वो गूंगा हो या वो बहरा हो देखिए राहू है गला गर्दन है तो ऐसे विकलांग व्यक्तियों की आज आपको सेवा करनी होगी उनको कुछ मीठा खिलाना होगा उनको जो है आपको जो है उनका पेट भरना होगा पका हुआ भोजन जो है करा दीजिए तो ये चीज यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट राहुदेव जो है अच्छे प्लेटफॉर्म आपको तैयार करके देंगे साथ ही साथ आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये स्काई ब्लू रहेगा और शुभ अंक जो आपके लिए रहेगा ये अंक चार आपके लिए शुभ रहेगा अगली राशि जो आती है आती है कर्क राशि कर्क राशि के जातकों आज आपका दिन मिला जुला रहेगा आज आपको किसी मामले में कोई बहुत बड़ा डिसीजन या निर्णय लेना पड़ सकता है आज आपके काम में कोई तीसरा व्यक्ति रुकावट डाल सकता है आपको खास करके अपने ऑफिस में अपने जो सहकर्मी हैं इनके ऊपर नज़र रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं सरकारी नौकरी वालों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है कारोबारी लोग किसी बड़ी डील के लिए आज शहर से बाहर जा सकते हैं और आज काम के चक्कर में अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा देना रहेगा ऐसा ना हो कि काम के चक्कर में आप अपना खाना भूल जाए अपने स्वास्थ्य का ध्यान ना दें क्योंकि सेहत खराब होने के कुछ इंडिकेशन मिल रहे हैं थोड़ी बहुत थकान रहेगी आज विद्यार्थियों के लिए मेहनत करने का दिन है पढ़ाई में इनका काफ़ी अच्छा मन रहेगा और कर्क राशि के जो जातक हैं इनको रोजगार के कुछ सुअवसर भी आज प्राप्त हो सकते हैं खास करके सेल्स से रिलेटेड मार्केटिंग से रिलेटेड उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज के दिन गणपति या थर्मशीर्स का आपको पाठ करना रहेगा इलायची अपने पॉकेट में रख करके निकलिए किसी से जब बात करने जाते हैं तो इलायची खा करके आप बात करिए निश्चित आपके काम बनेंगे आपके लिए शुभ कलर रहेगा वाइट और शुभ अंक रहेगा सात सिंह राशि जात को सिंह राशि जात को देखिए आज आपकी ऊर्जा का स्तर थोड़ा सा डाउन रहेगा पराक्रम में कुछ कमी आती हुई दिखाई दे रही है लेकिन आज आपके जीवन साथी आपकी हेल्प करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उनसे आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा आज घर में कोई मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है सिंह राशि के जातकों का आज खर्च बहुत ज़्यादा होगा पैसा बहुत अधिक खर्च होगा किसी महत्वपूर्ण काम को लेकर के सिंह राशि के जातक माता पिता से सलाह ले सकते हैं जो कि इनके लिए भविष्य में फायदेमंद रहेगी नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा पार्टनरशिप में बिजनेस यदि कर रहे हैं तो आज का दिन मुनाफा देने वाला रहेगा पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो देखिए हल्दी पीसी ले लीजिएगा थोड़ा सा उसमें गंगा डाल करके लिक्विड बना दीजिएगा और दूरबा लीजिए और दूरबा को हल्दी में डिप करके गणेश जी को आपको चढ़ाना है ओम गंगा गढ़ पते गणेश जी धूप चढ़ाने से बड़े प्रसन्न होते हैं ये उपाय आप करिए निश्चित रूप से सौभाग्य में आपके वृद्धि होगी साथ ही साथ आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा लाइट ग्रीन कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक दो अगली राशि पर बढ़ते हैं हमारी अगली राशि आती आती है कन्या राशि कन्या राशि के जात आज आपका दिन उत्तम रहेगा रुके हुए कामों को पूरा करने में आज आपके मित्र आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे साथ ही साथ दोस्तों से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है और आज आपके पास आपके उच्चाधिकारी कोई नई जिम्मेदारी आपको देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जिन्हें आप बहुत ही कम समय में पूरा कर सकते हैं आपके दिमाग में कुछ नए विचार आएंगे जिससे आज आप अपने कार्यों को और अच्छे से पूरा कर पाएंगे सेहत का ध्यान रखने की जो है सितारे जो है सलाह दे रहे हैं साथ ही साथ आज उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो ओम गंगा गणपतः नमा मंत्र को आप लोगों को दो माला का जाप करना रहेगा साथ ही साथ आज एक गणेश जी को मीठा पान आपको चढ़ाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ग्रीन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक आठ तुला राशि की ओर चलते हैं लिब्राजी हैं तुला राशि के जात आज परिवार वालों के साथ थोड़ी सी किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद उभर कर सामने आ सकते हैं साथ ही साथ आज आपके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होंगे शेयर मार्केट में यदि आप पैसा लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें आज नुकसान होने से कोई नहीं बचा सकता है कुछ कामों में आज रुकावट आने से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है जीवनसाथी के साथ समय बिताने से आज, आज आप दोनों लोगों के बीच जो गलत फैमियाँ चली आ रही थी ये दूर होगी अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिलता हुआ तुला राशि के जो हमारे जातक हैं ये दिखाई पड़ रहा है वाहन चलाते समय सावधानी रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं यदि आज आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो उसमें आप लोग सफल हो सकते हैं कारोबार में बरकत होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग मूंग का दान जो हरी मूंग होती है साबुत मूंग इसका दान आज आप लोग धर्म स्थान पर दीजिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा लाइट ग्रीन शुभ अंक रहेगा दो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि तो वृश्चिक राशि के जातकों आज आपका दिन अच्छा रहेगा आज आपको नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा किसी खास व्यक्ति से आज आपको कोई बहुत बड़ा फायदा हो सकता है आज आपके कार्यों की प्रशंसा होगी आज आपके परेशानियों का देखिए समाधान होगा और नौकरी पेशा महिलाओं पर आज कार्यभार जो थोड़ा रहेगा ये कम रहेगा स्वास्थ्य का पाया बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई पड़ रहा साथ ही साथ जो भी आज, आज आप शुरू करेंगे वो समय पर पूरा कर लेंगे आज, आज आपको करियर से संबंधित कुछ नए सुअवसर प्राप्त होंगे और आपका आर्थिक पक्ष आज के दिन मजबूत रहेगा आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं होने पाएगा साथ ही साथ आज प्रॉपर्टी खरीदने में जो दिक्कत आ रही थी ये दूर होती हुई दिखाई पड़ रही उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज पका हुआ भोजन आपको विकलांगों को खिलाना रहेगा साथ ही साथ गाय को हरी घास आज आप लोग ज़रूर खिलाइए अगर आप लोग शहर में रहते हैं घास वगैरह नहीं मिल पाती है तो आप लोग पालक भी दे खिला सकते हैं मूली के पत्ते भी खिला सकते हैं सरसों खिला सकते हैं सोया मेथी तो जो भी हरी साग सब्जी आपको दिखे वो ले करके आप लोग गाय को ज़रूर खिला दीजिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक सेनिटेरियस धनुराशि धनुराशि के जात को आज आपका दिन उत्तम रहेगा रास्ते में आ, मार्ग में आज आपसे कोई जो है मतलब पुराना आपका दोस्त उससे भेंट हो सकती है मुलाकात हो सकती है जिससे मन आपका बड़ा प्रसन्न हो होगा ऑफिस में काम करते समय आज उच्च अधिकारियों के साथ संवाद में बहुत ज्यादा ध्यान देने की सितारे सलाह दे रहे हैं क्योंकि आज आपकी वारी से कुछ ऐसा निकल जाएगा जिसको कि आप बोलना नहीं चाहेंगे लेकिन अनजाने में वो चीजें घटित होंगी आत्मविश्वास आज आपका बहुत ज्यादा शानदार रहेगा उच्चाधिकारी आज आपके काम से खुश रहेंगे आज आपको अचानक कहीं से धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है बिजनेस मैन को जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं पुस्तकों से संबंधित या धार्मिक पुस्तकों से संबंधित जो है चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं उनको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी लवमेट्स के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है लेकिन आज आपके परिवार में भाई बहन के साथ थोड़ा सा बात विवाद हो सकता है बाकी सब ठीक रहेगा उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा जो है लेमन येलो कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन कैप्रिकॉन मकर राशि के जात को आज आपका दिन बढ़िया रहेगा सभी कामों में आज आपको सफलता हासिल होने के योग बन रहे हैं आज आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी आज आपको किसी समारोह में किसी जो है पार्टी में किसी जो है चाहे वो आपके घर में हो चाहे वो धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड हो या आपके दोस्तों से संबंधित उसमें आज आपको प्रतिभाग करना ही करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी आज आप लोग जाएंगे समारोह का हिस्सा बनेंगे साथ, साथ ही साथ आज जीवन साथी आपकी ईमानदारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे कुछ नए अनुभवों के लिए आज आपको तैयार रहने के सितारे सलाह दे रहे हैं जो लोग पढ़ाई लिखाई से संबंधित स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा आज के दिन कोई नई जिम्मेदारी मकर राशि के जातकों के कंधे पर पड़ सकती है तो मकर राशि के जातकों किसी नए जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार रहिएगा उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज आपको जो है मूव जो है मूंग को आप लोगों को भिगो देना और गीली मूंग आपको गाय को खिलानी रहेगी साथ ही साथ ओम गंगा नमः इस मंत्र का 108 बार आप लोग जाप करिए भगवान गणपति सब कुछ अच्छा करेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार एक्वायर्स कुंभ राशि के जातकों देखिए दर्शकों फटाफट आप लोग लाइक करिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस संडे हम पुनः आप लोगों के समक्ष लाइव आएंगे फिर से तो आप लोग जुड़ सकते हैं लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएंगे जो बना हुआ है और उसके बगल में जब घंटी दबाएंगे तो ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे तभी आपको पता चलेगा ना कि हम लाइव हो रहे हैं तो उसको आप लोग करना जो है ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाना आपका भी कर्तव्य है क्योंकि ये एक चैनल हमारे नाम से ही नहीं है इस चैनल के माई बाप आप भी हैं तो जितना हमारा फर्ज होता है मेहनत करने का आप लोगों का भी फर्ज है और उम्मीद करते हैं दर्शकों जो वीडियो में अगर कुछ कमी लगे तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें अवगत करा दिया करें क्योंकि तो देखिए दर्शकों जो चीज़ें होती हैं प्रयास आपके नज़रिए से क्या आपको अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है ये भी चीज़ें आप लोग हमको अवगत कराएंगे तो निश्चित रूप से जो भी हमारे अंदर कमी होगी उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे फिलहाल जो भी चीज़ें बताते हैं अथेंटिक बताते हैं चाहे वो पंचांग से रिलेटेड हो चाहे वो तिथि से रिलेटेड हो चाहे वो दिशा से संबंधित हो फिर चाहे वो राशियों से उपाय से संबंधित हो किसी भी प्रकार के जो है लाल किताब से रिलेटेड चाहे आप जल में बहाएं, चाहे नाली में बहाएं, चाहे भूमि में खोद करके तो ये सब उपाय फालतू के हम नहीं बताते हैं जो वैदिक उपाय हैं जो देवताओं की स्तुति है जैसे विष्णु सहस नाम है तो विष्णु सहस नाम का यदि आप लोग पाठ करते हैं डेली यदि करना शुरू कर देते हैं एक वर्ष तक आप करिए किसी पंडित के पास जीवन में आपको कभी जाना ही नहीं पड़ेगा ये बिल्कुल गारंटी है तो खैर चलिए कुंभ राशि की ओर चलते हैं कुंभ राशि के जात को आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा ऑफिस में कुछ दोस्तों के सहयोग से आज आपका प्रोजेक्ट जो है ये पूरा हो सकता है समाज में आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा दायरा बढ़ेगा जो छात्र विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा आज आपको शिक्षकों से पढ़ाई में मदद मिलेगी आज आप लोग पूरे दिन खुद को एनर्जेटिक तरोताज़ा महसूस करेंगे आज, आज आपको किसी धार्मिक आयोजन में जाने का अवसर प्राप्त होगा आज बिजनेस के काम से जुड़ी कोई यात्राएं आप लोग कर सकते हैं कुल मिलाकर के परिवार में सब सुख शांति का माहौल रहेगा उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग जो है मेहंदी का दान किसी जो है स्वागिन स्त्री को कर सकते हैं हरी चूड़ी का दान कर सकते हैं हरे रंग के वस्त्रों का दान कर सकते हैं साथ ही साथ सौंदर्य प्रसादनों का दान भी आज आप लोग कर सकते हैं ये करिएगा निश्चित आपको राहत मिलेगी और कुछ आपको धन लाभ होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज हरा रंग और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक छः अंतिम राशि पर चलते हैं अंतिम पढ़ाव पर चलते हैं हमारी अंतिम राशि आती है मीन राशि मीन राशि के जातकों आज आपका दिन सामान्य रहेगा सोचे हुए आज सारे काम समय से आपके पूरे होंगे आज दोस्तों के साथ किसी खास मामले पर बातचीत हो सकती है आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा संभालने की जरूरत रहेगी आज आपको कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है बिजनेस में जरूरी कामों की योजनाएं बनाएंगे कार्यक्षमता में मीन राशि के जातक आज बहुत ज्यादा सुधार लाएंगे साथ ही साथ आज आपको अपने से बड़े लोगों से कुछ सीखने का मौका मिलेगा जो आपको भविष्य में काम आएगा कोई भी मौका आज आपको गवाना नहीं चाहिए सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और आज लंबे समय से रुके आ रहे जो काम आपके जो है नहीं हो रहे थे वो पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उपाय क्या करना है तो देखिए गणपति थरुण का पाठ करिए और अनाथालय में जा के बच्चों को कुछ मीठा आप लोग बांटिए या अनाथालय नहीं जा सकते आस पास छोटे बच्चे हैं गरीब हैं उनको कुछ मीठा आज आप लोग टॉफ़ी हो गया चॉकलेट हो गया या कोई छेने से संबंधित रसभरी मिठाई हो गई ये आप लोग खिलाइए निश्चित रूप से आप लोग जो है ईश्वर की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कहलाएंगे। तो दर्शकों कैसा लगा हमारे प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए दीजिए इजाज़त मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोगों से इजाज़त लेते हैं नमस्कार आपका दिन शुभ हो